हल्लो नमस्कार दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से भीन का भाग सीखेंगे हम लोग जी हां भीन का भाग बेहद आसान तरीके से सीखेंगे जिसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो आज इस वीडियो में हम लोग न का भाग बेहद आसान तरीके से देखेंगे तो देखते हैं जैसे कि पहला टाइप जो होता है यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन भीन्न भाग में देखने को मिलता है उस टाइप का चर्चा करेंगे हम लोग जिसे टाइप वन अगर हम की बात करें तो भीन्न भाग भीन गुना जैसा ही होता है सिर्फ़ उलझाने के लिए इसमें चिन्ह दिया हुआ रहता है जी हाँ उलझाने के लिए सिर्फ अलग सा चिन्ह दिया हुआ रहता है जिसे हम भाग का चिन्ह कहते हैं और इससे पहले की वीडियो मैंने भिन्न गुना बता रखा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें उस वीडियो के देखने के बाद आपको इसमें कोई परेशानियां नहीं होगी यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो जैसे कि इसमें हमें चार बटे छे भाग छः बटे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें करना कुछ नहीं है सिर्फ़ कुछ संख्याओं को चेंज करेंगे और कुछ चिन्हों का चेंज करेंगे जैसे कि चार बटे छः सिर्फ़ भाग के स्थान पर हम गुना का चिन्ह चेंज करेंगे और अगर आपको इसके विषय में विस्तारित जानकारी चाहिए तो आप चैनल के वीडियो में जाकर देखें वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड किया गया है कि इसको जो गुना से भाग चेंज करने की विधि जो है वह किस प्रकार से की गई है तो छः अब जो हम देखिए यहाँ पर चार बटे छः है तो चार बटे छः हमने लिखा लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वह भाग था और यहाँ पर हमने गुना बैठाया अब यहाँ कहने वाली सवाल आता है कि हमें भाग बनानी थी लेकिन आपने तो गुना में ले आया जी हाँ भाग बनाने के लिए ही हम इसे गुना में लेकर आए हैं तो सबसे पहले इसको जो संख्या नीचे दी गई है उसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को हम नीचे कर देंगे जब भी हम लोगों ने समीकरण बनाया था तो समीकरण वाले वीडियो में आपने देखा था कि कोई भी संख्या अगर समीकरण की ए साइड अगर दहना साइड जो है गुना में रहता है तो बायां साइड आने पर वह बटे में हो जाता है सेम उसी तरह यह भी प्रोसेस होगा और इसमें हम काटेंगे इसको दो या छ हमारा कट गया और दो दूनी चार और दो तिया छः यह भी हमारा कट गया तो ऊपर हमारा बचा क्या दो और नीचे तीन तिया नौ अर्थात दो बटे नौ हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया ठीक है इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें टाइप टू कहता है टाइप टू अगर चार बटे दस भागा पाँच बटे इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तब क्या करेंगे तो इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है वही तरीका अपनाना है चार बटे दस गुना अब यह दस जो हमारा है नीचे वाला संख्या है तो हम इसको लिखेंगे ऊपर और बटे में लिख देंगे पाँच को अब ये दस से हमारा ये दस कट गया, अब हमें बचा क्या? तो बचा हमारा है ऊपर वाला यह चार और नीचे में पाँच अर्थात चार बटे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ठीक है अब टाइप थ्री की बात कर लें हम थोड़ा सा कि टाइप थ्री में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइप थ्री भी बेहद आसान है जैसे नौ बटे नौ भागा नौ बटे छ इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब क्या करेंगे तो इसमें भी वही करना है नौ बटे नौ गुना इस नौ से इस नौ को काटेंगे तीन से तीन दूनी छः और तीन तीन नौ काट के हमारा दो बटे तीन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना आसान है आप लोगों ने इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के रखा था लेकिन यह उतना मज़बूत है नहीं जितना आप लोगों ने सोचा था तो टाइप फोर की बात करें यानी कि टाइप चार की बात करें तो देखिए इस टाइप भी पूछा जा सकता है कि अगर चार बटे पाँच भागा भागा मान के चलिए चारे दे रखा है तब क्या करेंगे इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं रहता है तो मैंने जोड़ वाली वीडियो में बताया था कि एक अपने से बैठा लेना है अब एक जब अपने से बैठा ही लिए हैं तो और क्या करना है गुना का चिन्ह कर लीजिए एक को ऊपर चार को नीचे काट दीजिए हमारा एक बटे पाँच इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ठीक है यह हमारा टाइप चार रहा अब हम टाइप पाँच की ओर चलेंगे और टाइप पाँच की बात करेंगे इसमें टाइप पाँच कहता है कि अगर नौ बटे टाइप पाँच की बात करें तो नौ बटे तीन भागा छः बटे तीन इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब का होगा अरे भैया तब तो भी कुछ नहीं होगा कि नौ बटे तीन गुना इस तीन को ऊपर और छः को हम नीचे ले आएंगे तो तीन हमारा ऊपर छः नीचे तीन से तीन कट गया तीन या नौ तीन दूनी छः तब भी हमारा तीन बटे ये आंसर आया ठीक है और अब चलेंगे हम टाइप सीख यानी कि टाइप नंबर छः की ओर और, और इन सभी क्वेश्चनों को करने के बाद मैं बुक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रव्यूज सीयर क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर छ की बात कर लें तो अगर सात बटे चौदह भागा चौदह बटे सात रहे तब क्या होगा तो इसको क्या करना है सात बटे गुना सात बटे यहाँ पर चौदह होगा ना और चौदह फिर नीचे चला गया इत धूनी चौदह ई सात धूनी चौदह बचा हमारा ऊपर में एक और दो धूनी चार इधर इसका आंसर आंसर आप लोगों को नहीं दिखा होगा बोर्ड से थोड़ा बाहर है तो इसको हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे एक बटा चार इसका आंसर आ गया क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने जो है कुछ किया नहीं है बल्कि इस दो को और इस दो को गुना कर दिया बाकी हमारा चार जो है आंसर आ गया बाकी इधर ऊपर वाले आप समझ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको लास्ट हम लोग कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर सात इसमें जो है पाँच बटे दस भागा दस बटे पाँच गुना छः बटे तीन इस टाइप का जैसे मान के चलिए उसमें जोड़ घटाव दिया था इसमें गुना भागा दे दिया तब आप क्या कीजिएगा इसमें जो है सबसे पहले चीन को हम बदल लेंगे पाँच बटे दस गुना ई वाला पाँच ऊपर और ये दस नीचे पाँच ऊपर दस नीचे गुना इसका चीन हम नहीं बदल रहे हैं तो इस संख्या को भी जहाँ का तहा रहेगा ठीक है अब पाँच एक पाँच दूनी दस पाँच एक पाँच दूनी दस अब दो दू से दूती छः तीन से तीन कट गया तो हमारा बचा क्या एक बटा दो अब एक बटा दो किधर से बचा रहे भाई तो एक बटा दो जो बचा वह यहीं से बचा ये दो बच गया और ऊपर कुछ नहीं है अर्थात एक है ठीक है दोस्तों तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो समझ में आया होगा और थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद